मैं तबाह हूँ तेरे इश्क में तुझे दूसरों का ख्याल है कुछ मेरे मसले पे भी गौर दे, मेरी तो जिंदगी का सवाल है